साथियों ज्योतिष के इस ऐतिहासिक चैनल पर मैं ज्योतिर्विदासष पांडे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हमारी चर्चा का विषय रहेगा कि यदि आपकी जन्म कुंडली में पहले घर में अर्थात लग्न में शुक्र शुक्रदेव विराजमान है तो आपके अंदर क्या क्या लक्षण पाए जाएंगे तो देखिए दर्शकों ज्योतिष में जो शुक्र ग्रह है यह स्वर्य का कारक ग्रह है भोगविलासता का है रोमांस का है लव लाइफ का है धन का है कई चीज़ों का है तो यदि शुक्र आपकी जन्मकुंडली में लग्न में बैठे हुए हैं तो ये अनेक प्रकार के दोषों को समाप्त करते हैं कन्या राशि में शुक्रदेव नीच के होते हैं और मीन राशि में शुक्रदेव उच्च के होते हैं तो लग्न में यदि शुक्र बैठा हुआ है तो अनेक दोषों का तो ये समूल नाश कर देता है फॉर एग्जाम्पल आप हमें ही देख लीजिए हमारी कुंडली में सारे ग्रह एक और हैं और अकेला शुक्र एक और है शुक्र ने ही सब कुछ हमको जो देना था ईश्वर की कृपा से मां लक्ष्मी की कृपा से जो कुछ मिलना था शुक्र शुक्रदेव ने इसमें दिया लग्नस्थ शुक्र यदि आपकी जन्म कुंडली में है तो बड़े सौभाग्यशाली आप रहेंगे बहुत ज्यादा विनम्र रहेंगे तमाम गुप्त विद्याओं के ज्ञाता विद्वान और आपकी जो वाणी रहेगी ये प्रभावशाली रहेगी और मीठी बोली रहेगी लग्नस्थ शुक्र जातक को कलात्मक रुचि देता है यदि आपकी जन्म कुंडली में शुक्र लग्न में है तो आप बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली और एक बहुत ही अच्छे एक्टर या कलाकार रहेंगे तमाम हस्त हस्तशिल्प से रिलेटेड जो काम होते हैं इस पर शुक्र का बहुत ज़्यादा आधिपत्य रहता है ललित कलाओं के ऐसे जातक जो है इस क्षेत्र में जाते हैं लग्न में शुक्र जातक को सौंदर्य प्रेमी बनाता है उनको अपने आप को सजना संवरना सोने से रिलेटेड आकर्षक दिखना ये सब चीज़ें ऐसे जातकों की पहचान होती है निशानी होती है ऐसा जातक खुद तो आकर्षक गौरव और सुगठित देह होता है लेकिन चाहता है कि हमारे साथ हमारे जो फ्रेंडशिप सर्कल के भी लोग रहें वो भी हमारी तरह ही ठाट बाट से रहें मित्रवत व्यवहार इनके रग रग में बहता है और इनकी विशेषता ये रहती है कि सामाजिक दायित्व के चक्कर में ये अपनी ही हानि तक करा बैठते हैं ऐसे जातक जो रहते हैं जिनके लग्न में शुक्र रहता है इनका अधिकतर समय गुड़ीजनों के साथ बीतता है धार्मिक एवं सामाजिक कार्यों में धन खर्च कर जो है करना इनकी निशानी होती है जातक स्वभाव से प्रसन्नचित रहता है मनमोहक एवं संवेदनशील होता है लग्नेश शुक्र जी हां लग्नेश शुक्र जातक को जो है तमाम जो है धन वैभव सुख समृद्धि साथ साथ आयु और हेल्थ भी देता है स्वास्थ्य भी देता है लग्नस्थ शुक्र का स्वभाव जो रहता है ऐसे जातकों के ऊपर जो दयालु रहते हैं वो जातक इसने ही रहते हैं दूसरों के साथ बहुत ज़्यादा सहानुभूति रखने वाले होते हैं लेकिन यदि शुक्र पापक ग्रहों के प्रभाव में हो दृष्ट हो या युति संबंध हो तो जातक अनैतिक संबंध भी बनाता है आलस्य और परिश्रम ना करना दूषित शुक्र की निशानी रहता है जातक देर से सोकर के उठना जो है रहता है तमाम उसके कई प्रेम संबंध रहते हैं तमाम औरतों के साथ वो गलत क्रिया कर भी जो है कर सकते हैं यदि शुभ ग्रह से दृष्टि शुक्र है तो स्त्री सुख के साथ साथ धन वैभव वाहन आभूषण मान सम्मान पद प्रतिष्ठा निष्ठावान मित्र इनको सभी सुख देता है लग्न में शुक्र के साथ यदि राहू की यदि युति हो जाए तो जातक को मंद बुद्धि या मूर्ख बनाती है नीच राशि का शुक्र जी हां कन्या राशि में नीच के होते हैं यदि कन्या राशि में शुक्र हैं तो जातक को चोरी एवं धोखा देने में ये प्रवीण बना देते हैं लग्नस्थ शुक्र पर पापक ग्रह का प्रभाव जातक को भोगी और बिलासी बनाता है ऐसे जातक छल कपट से अनैतिक संबंध बनाते हैं तथा झूठ एवं ठगी में माहिर होते हैं स्वग्र शुक्र जी हाँ स्वग्रही शुक्र हो गया या उच्च के हो गए आपके पहले घर में बैठे हुए हैं तो मालव्य महापुरुष नामक योग बनता है पंच महापुरुषों में ये एक विशेष योग होता है तो स्वग्रही शुक्र राजयोग देता है यदि शुक्र अष्टम एवं द्वादश का स्वामी होकर लग्न में हो तो पुनर्विवाह का देखिए यहाँ पर योग भी बनाता है शुक्र पल मंगल की दृष्टि विवाह में विलम्ब कराती है मंगल व शनि दोनों की ही यदि शुक्र पर दृष्टि हो तो पत्नी से वैचारिक मतभेद की संभावनाएं है, बनती हैं अग्नि तत्व तो राशि की यदि हम बात करें मेष सिंह धनु का जो शुक्र रहता है लग्न में हो तो विवाह में विलंब होता है लेकिन पत्नी जो रहती है सहयोग देने वाली रहती है अच्छे व्यवहार वाली रहती है और पति को मानने वाली रहती है तो भूतत्व राशि का शुक्र जी हाँ अगर वृषभ राशि का शुक्र है तो अत्यधिक कामुक व्यक्ति को मनाता है सुर सुरा एवं सुंदरी ये तीनों का जो है जातक बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं प्रेमी रहते हैं अनैतिक यौन संबंधों में लिप्त पाए जाते हैं कन्या राशि का शुक्र जातक को बहुत ही ज्यादा गलत काम करने के लिए प्रेरित करता है भौतिक रूप से ऐसे व्यक्ति अच्छे नहीं माने जाते हैं लेकिन प्राय देखा जाता है कि धन के मामले में ये लोग बहुत ही ज़्यादा भ्रष्ट एवं दुराचारी और नशे के प्रेमी होते हैं मकर लग्न का शुक्र जातक को सामान कन्या से विवाह कर जो है कि प्रेरणा देता है और एक सफल वैवाहिक जीवन जो है आनंदित करता है जीने देता है ऐसे जातक जो रहते हैं बहुत ही शर्मीले स्वभाव के होता है होते हैं वायु तत्व की राशि की यदि हम बात करें मिथुन तुला कुंभ राशि की तो ऐसा जातक जो रहेगा सुंदर एवं सुशील पत्नी के होते हुए भी पराई स्त्रियों में रुचि रखता है जल तत्व राशि की यदि हम बात करें कर्क वृश्चिक मीन राशि की तो ऐसा जातक सौभाग्यशाली पत्नी पाता है और विवाह उपरांत उसका भाग्योदय होता है जल तत्व राशि का शुक्र जातक को बच्चों में लोकप्रिय बनाता है जी हाँ आप लोगों की जो है जो बच्चे रहते हैं आप लोग उनके लिए आइडियल हो जाते हैं शुक्र यदि आपकी कुंडली में उच्च का है तो ये मान के चलिए कि आप कोई भी छोटा सा काम करेंगे उसकी ख्याति दूर तक पहुँचेगी कई जगह पर आपका नाम होगा आप बहुत अच्छे बॉलीवुड इंडस्ट्री में जो है कलाकार रहेंगे बहुत खूबसूरत आप दिखेंगे बहुत आकर्षक दिखेंगे आपकी फिल्में बॉक्स ऑफिस पर करोड़ों का बिजनेस कमाएंगी जो बॉलीवुड हो गया हॉलीवुड हो गया इस पर शुक्र का आधिपत्य बहुत ज़्यादा रहता है तो ये तो था दर्शकों लग्न में शुक्र का प्रभाव उम्मीद करते हैं कि हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा यदि आप भी अपनी जन्मकुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग संपर्क कर सकते हैं और अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं हमारा ये विश्लेषण कैसा लगा कमेंट के माध्यम से आप लोग बताइए और यदि अभी तक आप नए हैं तो हमारी इस ऐतिहासिक चैनल को सब्सक्राइब करिए बगल में बना बेल बेलाइकन जरूर दबाइए दीजिए इजाजत मिलते हैं अपने नए वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार